सुबह जल्दी कैसे उठे हम में से कई लोग ये जवाब जानना चाहते हैं सुबह जल्दी उठने वाले लोग सदी में बैद कम होते हैं इन लोगों में अपने आप को और अपने मन को जीतने की क्षमता होती है सुबह जल्दी उठने की आदत आपको एक आम इंसान से मान इंसान तक का सफर तय करवाती है लेकिन अब हम बात करते हैं सुबह जल्दी उठने के तरीकों के बारे में जिसमें पहला तरीका है डेली टू मिनट ये बहुत ही फेमस तरीका है अब हम इस तरीके को विस्तार से समझते हैं आमतौर तो पर आप सुबह 6 बजे उठते हैं लेकिन अब आप 5 बजे या 4 बजे उठना चाहते हो या इससे जल्दी इसके लिए आपको डेली टू मिनट आइडिया को फॉलो करना होगा अब आप दो महीने में 4 बजे उठने की प्रैक्टिस करेंगे और ये दो महीने बाद आपके जीवन में अच्छी आदत को आप शामिल कर देंगे इसके लिए आपको कल सुबह पाँच पर अलार्म लगाना है फिर आपको परसों पाँच बज के मिनट पर इस तरह आपको डेली 2 मिनट कम करना है इससे आपके ना तो सेहत पर असर पड़ेगा और ना ही उड़ने के शेड्यूल में इस दो मिनट जल्दी उठने से आपकी नींद पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और आप इस दो मिनट आइडिया को कभी मिस नहीं करना इससे ठीक दो महीने बाद आप छः बजे की बजाय चार बजे उड़ने वाली अच्छी आदत को अपने जीवन में शामिल कर देंगे फिर इसके बाद आता है दूसरा तरीका अपने आप को कल का शेड्यूल बताना कि कल आपको जल्दी उठना क्यों है कारण बताना है आपको अपने आप को कल के शेड्यूल के बारे में बताना है बिना शेड्यूल या कोई काम के आप जल्दी नहीं उठ सकते इसलिए आपको कल जल्दी उठने का कारण बताना है फिर तीसरा तरीका है ज़्यादा पानी पियो सुबह जल्दी उठने के लिए आपको ज़्यादा पानी पीना ताकि आप वाशरूम जाने के बहाने जल्दी उठ सकें यह तरीका एकदम हेल्पफुल है इस आइडिया को ट्राई करना फिर चौथा तरीका है अपने आप से अलार्म को दूर रखना दोस्तों अक्सर हम लोग मोबाइल या घड़ी में अलार्म सेट करके अपने पास ही रख देते हैं जिससे क्या होता है कि जब सुबह अलार्म बजता है तो हम हौस में नहीं रहते हैं जिस कारण हम अलार्म को सनूज पर लगा देते हैं या बंद कर देते हैं लेकिन अगर हम अलार्म को अपने बेड से दूर रखेंगे तो हमें अलार्म को बंद कर, करने के लिए जाना होगा और हम लगभग हौस में आ जाए लेकिन इसमें आपको अलार्म को इतना दूर भी नहीं रखना है कि आपको सुनाई ही न दे इसके लिए बेहतर होगा कि आप अलार्म को अपने बेड के नीचे रखें तो अब मैं सुबह जल्दी उठने के सभी तरीकों को एक बार वापस शॉर्ट में बता देता हूँ पहला तरीका है डेली टू मिनट जिसमें आपको डेली दो मिनट कम करना है फिर दूसरा तरीका है अपने आपको कल के शेड्यूल के बारे में बताना ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें फिर तीसरा तरीका है ज़्यादा पानी पियो ताकि आप वॉशरूम के बाद बांधने जल्दी उठ सको फिर चौथा तरीका है अपने आम को अलार्म से दूर रखो यानी अलार्म को अपने बेड के नीचे रखो या कहीं दूर रख दो इसी के साथ इस वीडियो को हम समापन करते हैं जय हिंद वंदे मातरम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जय हिंद वंदे मातरम